हेलो गाइस एंड वेलकम टू बिग वी गेमर्स चैनल और यहाँ हम आ चुके हैं ब्लू नहीं जाना तो। मेरी पटती है उतर <laughs> या, या। तो तो उतना उतार, उतार, उतार। उतार। नहीं आता रे बाबा और यहाँ पे दो नुबड़े गेम खेलते हुए तो क्या कर लेगा रहा बाबा जिसकी ब्लू जोन से बहुत पटती है से से से से मेरे तो तो तो रे रे बाबा। बाबा। नहीं, नहीं ना पटे तो पटे, ना तो नहीं, नहीं लेकिन लेकिन ना नवाबी को भाई। तो जिंदा रहने का है है? है। डर लगता लगता लगता साहब। किससे पिलाजमा जहा देखो वहा पिला इलाज़ में क्या करेगा वो है इधर। बंदे पे होंगे संभालते? नहीं। नहीं, नहीं यूएमपी मिली करते मुझे तो आवाज आ रही है बंदे के इधर। देख। अबे! मेरे बाजू में ही तेरे को मार है है। तेरे को मार रहा को मार रहा रहा। है? है मेरे मेरे बाजू में नहीं फिर भी फटी। <laughs> अब मेरे सामने है गया दो नाइस। nice. संभाल का कौशल मैंने तो दो को निपटा दिया तू तो भी निपटा दे। मेरे को आना पड़ेगा हम्म आना तो पड़ेगा लो बच गया मारा हाँ। <laughs> मारा उसको मारा। <laughs> अरे हाथ तो में आ गई मेरी ये तो ही था। नहीं।, नहीं अरे बापा इधर भी बंदा है किधर कि बाबा ओ से आया है छत के ऊपर है। बंदे हैं संभाल के अरे यार थम सब कौशल कहां पे इधर छत के ऊपर जीप से आए है दो बंदे आए हैं मेरे आवाज के मुताबिक मत जा यार ऊपर। अरे इधर है इधर मेरे सामने नीचे? मेरे सामने है है। और मेरे को मार रहा ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ कूदा कूदा दोनों कूदे और ये मैं बच गया अबे मैं गया रिवे मार दो रिव्यू मार दो यहाँ पे ही रिवे मार दो यार ऊपर क्यों जा रहे हो रिवा रिवा रिवा, रिवा, रिवा, रिवा, रिवा। हाँ। के साथ अपने चार किल कंप्लीट हो चुके हैं इधर तो बेटे, बेटे मेरे कोतल को तो लग बेटे तो क्या बेटे बेट क्या होता है मेरे को मेडिकेट चेयर चाहिए नहीं नहीं नहीं नहीं मेडिकेट तो है है है है पे मरे एक उधर नीचे ही, लेकिन उसमें ज्यादा है नहीं। अच्छा है क्या? हाँ। और नहीं तो वैसा है, क्या क्या नहीं क्या वैसा तो भी नहीं मिला लेवल का अभी तक मेरे दोस्त का फोन है तो उठा ले रे बाबा ले हेलो गेम फोन फोन गया खत्म कोई बात नहीं कौन सा, कौन सा सा गन मिला सॉरी मैग मैं तो में बे, नहीं कर दिखा मेरे को के वाला दोस्तों यहाँ आज जब, यही आप लोगो को पकाया जा रहा है जब तक बैटरी तब तक छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं ये बैटरी बैटरी तो फोन में बैठ हैं हैं तब तक ही खेल सकते ना ना आप बताइए जनरेटर लगवा देते करते प्रबंध कुछ तो, तो बहुत ही मजा ही आ जाए ले ले ले ये पी रेड क्लेम आ जाता है youtube <laughs> वाला तो कुछ भी करते हैं ये आके इधर शुरू हो गए कौन है वो कौन है वो अरे पीछे तो देख क्या पीछे तो देखो पुल दे मुझे मार मार आ आ आ मार रिवाइव रिवाइव बहुत बढ़िया और अपने पांच चेल कंप्लीट बहुत अच्छा रह गया इतना चेला तीन मेरे दो हुए मैं थोड़ी प्रो यार गांधी पढ़ा नाम का सब नहीं सुना चलो चलो हेड टू द सेफ ज़ोन बंदा एक और नहीं ऐसा जल्दी चल हां इधर ये gun क्यों ना हो उसके बस हो गई ना हां उधर इधर गया किन चुरा लिया बाद में बोलते हो है तुमने जो किल को वाह वाह भाई मैं। अबे है पंखे बंद करो ना। ले। आया दूसरा आया भाग पे ऐसा है दो लैंडमाइन <laughs> डाली इसने की कहीं पे आ, वो तो डाला गया है ना। भागा बहुत पकड़ के इधर है इधर है लैंड माइन इधर डाली है अरे यार उसने हेड दे दिया जल्दी जल्दी कौशल इधर आ जा ग्लू डाल कर रिवाइ कर दे ग्लू ग्लू रिवाइज रिवाइज अबे यार, यार क्यों पैक मारा किधर है बारी है? उधर यार मत जाओ मार मार मार अरे के पीछे है अरे वो मार रहे है तेरे को कितने को एने? मर गए अभी मरने वाले। ग्लू डाल दे उधर मर गया चलो कर। जल्दी जल्दी जल्दी दो बंदे शायद बाहर की तरफ संभाल के क्या है यार एक तो जोन आ रहा है और मेरे पास नहीं है ही लूट नहीं। एक तो पीछे से भी मार रहा है कोई ग्लूअल भी नहीं है मेरे पास गया मैं गया, गया गया भाई नहीं नहीं नहीं कोई बात नहीं। तू निकल सक देखो निकल गया।, गया बोला था ना अब आराम से मत मत मत उसको भाई हेड़ मार दिया वही था ना मेरे को मारने वाला ये ओ भाई फुल टू बदला फुल एकदम चकास वाला बदला <laughs> लूट भी आ गई काम हो गया और भागो उधर पीछे से आ रहा है ज़ोन फ़ॉरेस्ट में जाओ, में बाद में रेड बाद यार लेकिन इसमें ज्यादा गोली नहीं है कोई बात नहीं चलो ना यार तुम तो पैदा करो गोली को कैसे पैदा करे भाई <laughs> वो भी नहीं भाई आ, गोली पैदा होता है करो तारक में में <laughs> वाह भाई वाह क्या रे तेरे सामने है ग्लूअल देखना मालूम है दूसरी ग्लूअल भी पड़ी ना शायद देख के ऑपर हेड लगेगा हेड लगेगा उधर है पीछे पीछे वो उधर बैठा है है उसको है आ, उसको डैमेज डैमेज था देया, देया। अपना अंदाज़ तो मस्त वाह यही चाहिए था जाओ, जाओ, जाओ।, जाओ फॉरेस्ट ट्रेड के बीच में जाने की ट्राई मारो कोइन तो।, तो है यार शायद बंदा होंगे उधर ट्राई तो करो ना हो तो रुक जाना जब तक शोट रेंज के नाम पर एक ही है लेकिन कोई बात नहीं चला लेंगे देखिए घर में ही है घर में ही है अबे अब सही है ओ भाई स्टाइलर था उसके पास ग्रुआ रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे कल जीतेंगे परसों जीतेंगे रोज हारते हैं